तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर आज एक बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है समुदाय शिक्षक वर्गों के प्रेस पत्र डाउनलोड हो गए हैं तो जिन जिन अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है माध्यमिक शिक्षक के लिए वो पी की वेबसाइट पर जाकर अपने अपने प्रेस पत्र देख सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं धन्यवाद It's true